हेलो गाइस सभी का स्वागत है मेरे फर्स्ट ब्लॉग में तो मेरा नाम है दिलचार खान और आप देख रहे हो देसी बॉय ब्लॉग तो गाइस मैं राजस्थान के दौसा तो ज़िले का रहने वाला हूं तो गाइज़ काफ़ी दिनों से मैं सोच रहा था कि मुझे ब्लॉग बनाना है तो आज मैंने डिसाइड किया कि आज मैं कैमरे के आगे आकर अपना ब्लॉग शूट करूंगा तो गाइज़ मैंने देखा है काफ़ी यूट्यूबरों के ब्लॉग में उनका फर्स्ट ब्लॉग वायरल होता है तो गाइज़ अगर आप भी मुझे सपोर्ट करोगे तो मेरा ब्लॉग भी वायरल हो सकता है और मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपके लिए काफ़ी रोचक रोचक और हँसी मजाक वाले ब्लॉग लाया करूँ अगर आपका इस ब्लॉग पर मेरा आपका सपोर्ट रहा मेरे चैनल पर तो गई मैं अगली बार आपको सेकंड ब्लॉग में मेरा गांव दिखाने वाला हूं और आप मेरा घर देख सकते हुए भाई मैंने अपना परिचय आपको दे दिया है और मैं जहाँ ब्लॉग शूट कराऊँ मैं आपकी लोकेशन बता देता हूँ मैंने अपना ब्लॉग शूट कहाँ किया है तो भाई ये मेरी छत है लंबी पूरी ये यहाँ पर उपले सूट रहे हैं हमारे और मैंने ब्लॉग आपने फर्स्ट में देखा होगा वहाँ बैठकर कर पेड़ के आगे शूट किया था अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करना और तो भाई आज के ब्लॉग में